This one's also full. Kalpit, यार, don't do this to me. मैं सुबह से सिर्फ कॉफी पे जिंदा हूँ. Sorry, यार, I had no idea ना सारे रेस्टोरेंट्स फुल होंगे. ये देखो, ये तो बंद भी हो गया है. अब क्या? Even my acidity is acting up. अच्छा ठीक है. Why don't we go home? Or... No. No delivery. I'm so bored of it. Hey, नहीं, नहीं बाबा. I'm saying that we'll go home. और मैं खाना बनाता हूँ तेरे लिए सीरियसली तो हंस क्यों रही है <laughs> अरे आई यू लाफिंग तेरे हाथ क्या खाना आई यू ट्राइंग टू किल मी समथिंग सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी मम्मी को भी पसंद है। है। फेवरेट के देखो फ्रिज में क्या रखा है। वही नो you know ना ना मैं कर एकदम डिनर होगा इससे क्या करो मैं बनाऊ कट सब्जी अब इसमें क्या प्रॉब्लम है अरे सॉरी. गो चाकू ना ध्यान से oh, पूछ लो नहीं सर कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का केस एक आज आज के कुछ नहीं वैसे बोल रही थी अच्छा यो के ना या या। वैसे कल्पेत आई डेड कल्पे? बाबा आई रिमेम्बर आई डेड तुम तो जानती हो ना मैं कभी झूठ नहीं बोलता मैं झूठ नहीं बोल रहा सर अच्छा तो तूने उसको नहीं मारा तो फिर हमारी कैसे सर मुझे कैसे पता होगा अरे तो वो अपने आप मर गई क्या सर रिसेंटली उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स बहुत खराब आई थी और उससे था सर और उसकी फैमिली में भी हार्ट डिजीज की है, सो है। अब हार्ट का प्रॉब्लम आ गया तो उसको हार्ट अटैक आया वो गिरी उसने सारे बर्तन अपने आसपास रखे चाकू अपने बाजू में रखा परफेक्ट मर्डर प्लान करके प्लांट करके मर गई वो। सर, सर, देख, देख, उसने भागने की कोशिश की उसी स्ट्रगल में बर्तन यहाँ वहां गिर गए तूने मौका देख, के उसका सर मारा ब्लड लॉस की वजह से उसकी डेथ हो गई ये ओपन एंड शर्ट केस है और रिपोर्ट आ गई है डेथ हार्ट अटैक की वजह से यस सर वो माइल्ड हार्ट अटैक का बैलेंस बिगड़ने के वजह से सर काउंटर पर जाकर लगा जिससे एक्सेसि ब्लड लॉज अगर मैं पांच मिनट में और रुक जाता तो शायद आ जाइए मेरी गलती है सर मेरी गलती है I'll tear it. Isn't.